क्लास शुरू हो चुकी है आज के चैप्टर जो है के आगे का कोर्स है सबसे पहले हमने था एस, हमने लिखवा दिया था ना उसके बाद दूसरा आई IC. सी हो गया तीसरे नंबर पे आ रहे हैं ना ये आई सी डी टेन है क्या है ICMS. ठीक है आई सी एफ आज का जो चैप्टर है आप लोग लाइव क्लास रहे ठीक है अब इसके बारे में जो है लिखिए क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे आ गया ठीक है अच्छा जहाँ पैसे देना ये ये सारे बच्चों के लिए लिए जो जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, उनके लिए टेस्ट लिए टेस्ट करते हैं, करते हैं, करते हैं, उनके टेस्ट टेस्ट कि करते करते करते उन सब में चीज का है, है, है, जैसे ICD-10 और उससे पहले हमने DSM-5 बताया था इन इस सबका इसी के रिहा पे हम बच्चों का डायग्नोसिस करते हैं ठीक है डायलिस से, से ये पता लगता है कि बच्चे में क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है या क्या समस्याएं हैं इस तरह से सारी जानकारियां शामिल होती है इसमें ठीक है तो आगे लिखिए इसमें ऑर्टेज में स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डिसडर ऑर्टेज में स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में स्पेक्ट्रम डिस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 ठीक है इसमें उसको मैसेज डाल दो सारे वो देख के अपना जुड़ जाए क्लास से जुड़ना है और, क्लास भी नहीं। ना क्लास भी ना। और आज की जो टॉपिक है उसको बता देते हैं आज की जो टॉपिक है वो है यूनिट 3.1 में हमने इसे पहले पढ़ाया हुआ है, है आई टेन भी हो चुका है और नेक्स्ट टॉपिक है आई सी एफ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्निंग ठीक है अब इसमें हम बता रहे हैं कि पहले सबसे पहले हमने ये बताया कि ओटिस बच्चे क्या होते हैं एच डी क्या होते हैं इससे पहले आपको तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया कि स्क्रीनिंग कैसे किया जाता है ये जानकारी हम आपको बता रहे हैं इसमें सबसे पहले लिखना है स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि ए वर्तमान में विश्वव्यापी स्तर के साथ वर्तमान में विश्वव्यापी स्तर के साथ उन स्थितियों के एक समूह को संदर्भित संदर्भित करता करता है, करता है, हो गया जो पारस्परिक सामाजिक संपर्क कौमौिक और गैरमौखिक संचार की के साथ साथ मौखिक और गैरमौखिक संचार की हानि के साथ साथ दोहराव रूढ़ीबद्ध गतिविधियाँ व्यवहारों को व्यवहारों को प्राथमिकता देती है लिखा पानी के साथ साथ साथ है, बार बोला है। साथ साथ बोला, दो गतिविधियों कौम व्यवहारों को प्राथमिकता देते हैं चले गए थे चलो बैठ कांचे बैठ का Like लाइव क्लास है फटाफट आप लोगों आवाज आवाज कम कर लोग अब आगे लिखिए शुरुआत की उम्र में शुरुआत की उम्र में हमेशा यह लक्षण तीन वर्ष या छत्तीस माह से पहले होता है शुरुआत की उम्र में हमेशा छत्तीस महीने या तीन वर्ष से पहले होता है हो गया और लक्षण जीवन भर बने रहते हैं और लक्षण जीवन भर बने रहते हैं हो गया ये विशेषताएं संज्ञानात्मक और ये विशेषताएं संज्ञानात्मक और भावनात्मक काम के विकल्प भावनात्मक काम में विकल्प कामा मनोरोग मनो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो मनोरोग मनोरोग साइकोलॉजिकल बीमारी होती है होते हैं से जुड़ी है हो गया? आगे निदान से परे अनुभव के निदान से परे कामकाज काज से कामकाज के अनुभव के इस जोड़ को, इस जोड़ को, पकड़ने के लिए क्या लिखा सॉरी एक और तरीके से एक व्यापक और मानवीय तरीके से वाले व्यक्तियों के जीवन का आईसीएफ एक व्यापक और मानवीय तरीके से एस वाले व्यक्तियों के जीवन का अनुभव आवर्ण करने के लिए एक उपकरण प्रदान करता है अभे नृत्य बनाने के तरीके आई एफ आईसीएफ बनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं या कैसे उसको बनाया जाता है उसमें क्या-क्या चीजें चीजें शामिल हैं वो सारी या विधि बनाने में क्या अगर एक तो तो तो ऐसा एक के बनाने के लिए या के क्यों करेंगे तो उससे क्या हमें इसमें क्या क्या चीजें शामिल होगी ये सारी चीजें हम बताएंगे लिखिए आगे, आईसीएफ बनाने के लिए आईसीएफओ बनाने के लिए चौदह चौबीस श्रेडियों का वर्गीकरण नैदानिक अभ्यास में उपयोग के लिए अभ्यास में उपयोग के लिए आईसीएफ कोर सेट यानी कोर सेट यानी यानीहारिक आईसीएफ कोर सेट यानी विशिष्ट स्वास्थ्य स्थितियों के लिए विशिष्ट स्वास्थ्य स्थितियों के लिए स्थितियों के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक के रूप में चयनित प्रासंग के रूप में चयनित आई सी एफ श्रेणियों की शॉर्टलिस्ट विकसित की गई है आई सी एफ श्रेणियों की शॉर्टलिस्ट विकसित की गई है संस्थान का नाम है किया है है उसका नाम आगे संस्थान और आई सी एफ करोलिस्का संस्थान और आई सी एफ अनुसंसाधन शाखा में एक अंतर्राष्ट्रीय संचालन के के सहयोग सहयोग से से समिति समिति है, सॉरी, करने की चुनौतियां हैं वाले व्यक्तियों के मूल्यांकन और उपयोग एस टी वाले व्यक्तियों के मूल्यांकन और अनुवर्ती कार्यवाही में किया जा एक बार बने संस्करण ब्रेक में आईसीएफ एंड सीवाई एंड सीवाई का उपयोग करने का निर्णय लिया है बात तो में में है। और में लिया केवल संदर्भ पर वर्गीकरण न केवल संदर्भ पर आई सी एफ इस रेडिंग आई एफ सी आई सी एम की सभी श्रेणियों को शामिल किया गया है अब आगे लिखी में में प्रारंभिक चरण प्रारंभिक चरण में लिखना है प्रारंभिक चरण में शामिल है यानी कि तो उसका। इसके इसके क्या क्या क्या क्या चीजें हमने कि चीजें कैसे बनाई गई है ये बताया अब आगे लिखना है प्रारंभिक प्रारंभिक चरण में है क्या क्या शामिल है उसके बारे में हम आपको बताएंगे ठीक है इसमें लिखिए ए वाले बच्चों में जैसे इसमें कि जैसे किस किस बच्चों के लिए शामिल है या क्या इसका रहस्य है बताने का तरीका क्या है तो ये सारी चीज़ें किसके लिए देखोगे आप ए बच्चों के लिए एस मतलब और तेज में स्पेक्ट्रम डिसडर और का का मतलब मतलब ठीक है तो इसमें लिखिए ए एस टी वाले ए एस टी वाले व्यक्तियों के कामकाज और अक्षमता पर वाले क्षमता का पर की पहचान करने, करने, करने के लिए दो हजार पहचान करने के लिए 2008 से से हजार तेरह से लेकर के 2013 तक प्रकाशित सहकर्मी समीक्षा की एक व्यवस्थित साहित्य समीक्षा की गई प्रकाशित सहकर्मी समीक्षा एक साहित्य समीक्षा की गई। पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया दूसरे पॉइंट पॉइंट नंबर सेकंड। एक गुणात्मक अध्ययन जिसका उद्देश्य एक को देखभाल करने वालों मौमा शिक्षकों की दृष्टिकोण से तो हाँ, काम काज में प्रासंगिक पहलुओं और पहलुओं और आगे नीचे वाले भारत, देशों के अरग, के के के के नाम अरब, दक्षिण अफ्रीका और व्यक्तियों व्यक्तियों अध्ययन अध्ययन में में या तो समूह या व्यक्तिगत ने ने ने ने का ने लिया या या तो व्यक्तिगत यानी कि उनका कहना ही है कि थी थी के एक -एक के हिसाब से किया किया एक-एक कार्य बोला तो है अध्ययन तो में या लिया आगे एक एक थर्ड पॉइंट इंटरनेट आधारित अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण आयोजित किया गया था अध्याय में दस अलग अलग बिस्तियों के जिसमें अलग अलग को को सामने सामने किया किया गया और किया गया और और सभी विश्व का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय डब्ल्यू एच ओ क्षेत्रों का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की राय इकट्ठा करना था काम काज और स्वास्थ्य को कार्य किया कैसे काम किया जाए पॉइंट पॉइंट लास्ट लास्ट है ये खत्म हो जाएगा दूसरा आता से से अनुभव की आने वाली यूरोपीय दक्षिणी एशियाई देशों और दो और मध्य अनुभागीय तो तो तो अध्ययन किया गया था किया गया गया था? हो एक था। एक केस एक केस जिसमें अन्य अन्य अन्य बातों बातों बातों के के के के के अलावा, अलावा अलावा एक विस्तृत विस्तृत दो में शामिल थे इसका डेटा करने के लिए किया गया था हो गया आप लोगों ने यानी कि आई क्या है इसके बारे में हम लोगों सबसे पहले ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं उनकी ये स्क्रीनिंग करने के लिए आपको उनके बारे में जानकारी तो प्राप्त होगी वो तो किसके माध्यम से होगी आई के माध्यम से आप ये पता लगाओगे कि इस बच्चे में क्या समस्या थी और हमें कैसे उसकी एनालना होगा तो सबसे पहले हमने उसके बारे में बताया उसके बाद उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं क्या था सेकेंड पॉइंट तरीके यानी इसको तो बनाया कैसे गया उसको डेवलप कैसे किया गया और उसके बाद उसमें कौन-कौन से स्टेप शामिल हैं यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसमें क्या-क्या चीजें शामिल है या कैसे तो उसको बनाया जा सकता है की सारी बातें और वाक्यों में इसमें बताया है यानी कि यूनिट 3.1 में जो आईसीएफ है ये कंप्लीट हो गया है नेक्स्ट हम कल पढ़ा देंगे एम चैट एन आर ओब्लियस मंडे को तो आज की क्लास ओवर होती है आज की क्लास में इतना ही बाकी मैं कल देख देखता हूँ मंडे को क्लास से बाहर पढ़ाने देंगे ठीक है तो वैसे मुझे लगता है कि ये थर्ड पेपर तो नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा बहुत बच रहा है फर्स्ट कंप्लीट हो गया नहीं हुआ सेकंड थर्ड बाकी सब इसमें असमेंट भी है जैसे कि एमआर बच्चों पे कैसे आपको काम करना है एच बच्चों पर कैसे काम करना होगा और आई बच्चों पर कैसे आप काम करोगे सारे टेक्निक्स आपको सिखाएंगे लगातार क्लासेस चलाएंगे तो शायद थोड़े दिन में ही खत्म हो जाएगी क्या? इसके बाद कौन कौन से पेपर मत रही हैं? उसको आप एक बार देख लेना मुझे बता देना फिर उसको भी कवर करवा देंगे आज के लाइव क्लास बंद कर देते हैं